मैं तो तुझे शादी रखाऊंगी कंवारी बिंदिया पहनाऊंगा पहलाऊंगा नए जमाने के तेरे लिए, लिए लगाऊंगी अच्छा कवारी मर जाऊंगी लागत क्यों नहीं आवक है बस पर लाऊँ चाहते अम्मा खाए को बुलाऊँ है, चल जल्दी थी। आह, आई खाए को बर बुलाऊँ है, आऊँ है। याद आई, बोरे मानसवाते कहीं ने, कि घुमावले बाज़ चल, समोसा, चाट, पकाऊँ ही, ये सब नहीं चार का मनों का, आह, अब बस कवायरा तो ए बुस साई रोटी रोटी काले वो पानी बोर बोर के आई सा अत्याचार करत है मोई ने आ जाय काय काय लावे काय जइयो आवे जात मन सवा का कजयो की मोई माइटे सोई जा चले बस मोर बाप मनमानी पैसा दी नहीं दहेज पूरा ली नहीं या कोन तीर काट रही हो सेई बनावे काय खाना बनावे रे तो के जब ना घर क्या काम परी जाती दिन भर मोरे करे करे सब काम जाते मिल गये मैं क्या करू बस बात तीन चार मेरी जन्म लाग रहा दिन भर पंचायत करती बस पर घर का जब मोची का अबे अरे नई मैं जाके बुला लू जाएंगी परे, परे परे पर दिन भर गाना गावतिया नहीं परी दिन भर घर चल करिया दिन भर परी परी के करे लारे अरे देख मत सब डेढ़ सौ नई जमाने की आई तारे रुक आ रूबू कर खूबसूरत लौंगा का गंजा गंगा गंजा, गंजा, कुकुर गंजा अरे हर छाटा कहा खूबसूरत लौंगा कांजा का गंजा का लाग मोरे मोरे नहीं ये कहता पी खून दे लड़का तो गंजा गंजा रोकता है है ले।, ले, ले के मुक्का जाइये आज मोरे ला गंजा कूकुर बोले रे रे मार दे, दे, मोर मोर मार मोर कई ले हर आमल ाम के मुह पर सब कुछ बताइ रुकियो आई, आई मेरी दिन बर बरे राती है। मोर घर के मोर लड़का नहीं कुछ करे घर बर्बाद हुईगाया हुईगा अरे बउआ तो मेरी घर का छीचल आदर करे मैं कहा करू मोर तैसी तैसी करा है थोड़ी बउआ मुहा चाहिए आई के तु तो काती गंजा कुकू रे मार दी ने हो एक नहीं तो भरे वहा ससौरा बाजा तुम मार के बिछा दू हा ससौराबा के ज्यादा चर्बी आ गई ना अरे बउआ कुछ नहीं आया करे का आजकल की मेरिया डी खा लेती है जहर खा लेती है मर जाती है घर वाले फंसा देती है हा मैं यही तुम्हारे अम्मा गत्ता है दे। के कर का तुम्हें शादी आदि न करी घटते हैं जबरदस्ती करवाती देकर मैं आय फूट करते हमे सूब का करो अरे बउवा तु आज नहीं कल शादी करेगा परत का करे जब तुर किस्मत है फूटी तो यार यारेरिया सही मगर तेरे रोबत कहे यार में नहीं अम्मा रोकते हूँ बस ऐसे आए वहां में जब किस्मत है फाट गई अमार भैया हरा ये बस ऐसे आए सब दिखाओगा है मगर तुम मारा पी टी ना पानी घर में ना करो हाँ भाई यार हमारे वीडियो का लाइक कर दिया सब्सक्राइब जरूर कर लियो ठीक है हाँ और सौ रुपए के जीतने का मौका है हमारी वीडियो का हूँ के दबा के देखा चैनल को सब्सक्राइब करा सैर कस के करा बस अपन पेटीएम नंबर कमेंट पर लिखा भेज दिया आपके आपका इनाम आपके खाते में जय हिंद